जी आज बनाते हैं स्ट्रीट का छोले कुछ घर पे बिल्कुल से यहाँ तक कि कुल्चे तक घर पे बनाए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिल्कुल भागुश होने वाले तरीके में पहले छोले लेने उनको दो तीन बारी वॉश करना फिर रात को भिगो के रख देना सुबह फिर दो तीन बारी वॉश करके फिर कुकर में डालना उन्हें उसके बाद उसमें डालना एक चमच नमक एक चमच हल्दी तेज और बॉइय होने देना पानी डाल के फिर उसके बाद बॉय होने के बाद कांच के बाउल में निकाल लेना उसमें प्याज डालना टमाटर डालना हरी मिर्ची डालना अदरक डालना धनिया लीव डालना नमक डालना लाल मिर्च डालना धनिया पाउडर डालना उसके बाद भुना हुआ जीरा गरम मसाला और काला नमक तो बिल्कुल है उसके बाद इमली का पानी इमली का पानी बनाने के लिए इमली को दो घंटे पानी में डाल देना बस बन जाएगी उसके बाद नींबू नहीं छोड़ो मस्त छो लेते अब अगली मेन कुल्ची की रेसिपी देखो बनाने आसान उसमें लिया किलो मैदा, एक चमच नमक एक चमच शुगर, उसके बाद पेड़िया बना, बना लो छे हमारे वो बने थे कुल्चे से इतने मिक्सर से पानी लगाओ हल्का सा और कलौजी और धनिया मर्जी ऑप्शन है उसके बाद फिर बेलो अभी पैन पे रख दो पानी स्प्रिंकल करना बिल्कुल पानी में सीखेंगे तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा फिर उसको साइड से भी ऐसे ही करना पानी लगाकर मस्त मस्त कुलचे जो निकले हैं ना आप ये वैसे भी खा सकते हो तो वैसे ही एक दो खा लिए थे बिना छोले के भी मस्त लगेंगे पूरी रेसिपी देख ली अभी बनाओ टैग करो मुझे बाकी सेव लाइक शेयर फॉलो